हेलो गाइज वंस अगेन वी आर बैक विथ आवर न्यू वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन स्मार्ट वॉचस के बारे में जो कि आप ले सकते हो 2000 के बजट रेंज में और सारे वॉच का बाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए सबसे पहले इंट्रो देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला स्मार्ट वॉच है हमारी लिस्ट में उसका नाम है गोकी स्मार्ट वाइटल लाइट और डिस्प्ले साइज़ आपको इस वॉच में देखने को मिल जाएगा 1.4 इंचेस का प्राइसिंग 1620 थाउजेंड है नोटिफिकेशंस आपको सारे इसमें देखने को मिल जाएंगे कॉल नोटिफिकेशंस टेक्स्ट नोटिफिकेशंस सोशल मीडिया का जितना आपका नोटिफिकेशन रहेगा और अगर आप एक प्लेस पे बहुत देर तक बैठे हो तो वो सेडेंट्री एलर्ट भी आपको नोटिफिकेशंस में देखने को मिल जाएगा रेजोल्यूशन uh, की बात करें तो 240 फोर्टी इंटू टू आपको देखने को मिलेगा SpO2 पी ओ टू हार्ट रेड सेंसर और स्लीप मोनिटर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा बैटरी लाइफ की बात करें तो सेवन डेज आपको देखने को मिल जाएगा और आज की लिस्ट में मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी स्मार्ट वॉचेज़ हैं सारे के सारे IP68 रेटिंग्स के साथ आते हैं तो वाटरप्रूफिंग प्रूफिंग की भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी स्मार्ट वॉच में तो हम आ चुके हैं अपने लिस्ट के सेकंड नंबर के स्मार्ट वॉच की तरफ जो है फायर पोल्ट 2 टू मैक्स डिस्प्ले साइज़ आपको इसमें वन पॉइंट का मिलेगा और प्राइसिंग वन थाउजेंड है अभी करेंटली अमेज़ोन पर जो फीचर्स मैंने आपको इसके प्रीवियस वाले वॉच में बताया था वही सारे फीचर्स आपको इसमें भी देखने को मिल जाएंगे रेजोल्यूशन के बारे में कंपनी ने कुछ इस्पेसिफाई नहीं किया है अमेजन पे तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बैटरी लाइफ आपको सेवन डेज़ की इसमें देखने को मिल जाएगी जो थर्ड नंबर का स्मार्ट वॉच है हमारे लिस्ट में वो है नॉइस कलरफिट प्रो टू ऑक्सी डिस्प्ले साइज़ 1.3 इंचेस का और एल डिस्प्ले के साथ ही आता है प्राइसिंग 1999 अभी एमज़न पे है फीचर्स सारे के सारे सेम हैं जो आपको प्रीवियस स्मार्ट वॉचेस में मैंने बताया रिजोल्यूशन 240 फोर्टी इंटू टू का आपको देखने को मिल जाता है और बैटरी लाइफ 10 डेज़ की आपको इसमें मिलेगी तो हम आ चुके हैं अपने लिस्ट के फोर्थ नंबर के स्मार्ट वॉच की तरफ जो कि है टैग क्रोनोज लाइट अगर इस स्मार्ट वॉच की बात करें तो आपको इसमें जो डायल देखने को मिलता है वो राउंड डायल है बहुत लोगों को राउंड डायल पसंद होता है तो उसके लिए हम लोगों ने एक राउंड डायल वाला वॉच भी इंक्लूड कर लिया है प्राइसिंग 1999 आपको देखने को मिल जाएगा अमेजोन पे। और डिस्प्ले साइज़ 1.3 पॉइंट है फीचर्स सारे सेम है प्रीवियस स्मार्ट वॉचस के जैसे रिजोल्यूशन कंपनी ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है बैटरी लाइफ 7 डेज़ की आपको इसमें देखने को मिलेगी फिफ्थ नंबर का स्मार्ट वॉच जो हमारे लिस्ट में है वो है गोकी की स्मार्ट वाइटल मैक्स प्राइसिंग टू थाउजेंड डिस्प्ले 1.6 इंचेस का इसमें है तो अभी तक हम लोगों ने जितने स्मार्ट वॉचेज़ देखे डिस्प्ले साइज़ सबसे बड़ा आपको इस इस स्मार्ट वॉच में देखने को मिल रहा है फीचर्स सारे के सारे सेम हैं जो प्रीवियस स्मार्ट वॉचस में थे एंड रेजोल्यूशन 240 फोर्टी इंटू टू फोर्टी पिक्सल्स का आपको देखने को मिल जाता है और बैटरी सेवन डेज़ की रहेगी